बेटे मेरी आवाज आपको आ रही है सही वालेकुम सलामकुम सलाम बेटे आवाज आ रही है मेरी ओके वाई साम बच्चों वाईकुम सलाम आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटोफट आज शाह वेरी गुड मैं ठीक हूँ बेटे आप लोग ठीक हो वो अकाउंट्स खोल गए आप लोगों के रोज को, को मैसेज आ जाता है पैसे नहीं चाहिए आप लोगों को अकाउंट नहीं खोलना वीडियो क्लियर नहीं आ रही वीडियो कैसे क्लियर आएगी बेटे रोशनी ज्यादा है कम है क्या है अच्छा चलो अकाउंट खोल जाएगा बेटे आपका आवाज नहीं आ रही आवाज आवाज आवाज अच्छा ठीक है ऑलराइट अच्छा आप वीडियो और साउंड चेक प्लीज तस्वीर और आवाज आ रही है हाँ मेरा भी यह ख्याल बेटा आनी चाहिए हाँ ठीक है ठीक है वो जो जिस बच्चे को नहीं आ रही वो जरा प्लीज अपना चेक कर रहे कोई कुछ को चीज डिसेबल तो नहीं है साइलेंट पे तो नहीं है फोन वालेकुम सलाम बेटे ठीक है चलें ओके वो आप लोगों ने ठीक है आ रही ठीक है ओके बेटे अच्छा कल का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया ओके सानिया मुझे मैं कोशिश करूंगा याद रखू बेटा मैं भूल जाता हूं उम्र का तकाजा है। अच्छा ठीक है कल का लेक्चर किन किन बच्चों ने देख लिया ठीक ओके ठीक है ठीक है टोटल बच्चे ट्वेंटी एट है देख लिए, ठीक है सर तहरीम बेटे बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हाँ मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में मैं जरा ये नफरी बढ़ा लूं, फिर करता हूं तहरीम कहा है तहरीम अच्छा चलो अच्छा ये एक तो बात अभी की है ना वैसे जो एवरेज अटेंडेंस है वो मेरा ख्याल है फोर्टी फाइव टू फिफ्टी वेरी करती है तो बाकी कुछ बीस तीस बच्चे इनका कोई इनका कोई इंटरनेट का इशू है या वो कोई छुट्टियों पे चले गए अच्छा तो फिर इनका बेटा कैसे मसला हल होगा अगर ये मसला ना करे अगर ये चीज खिंच जाए अगर ये दो वीक्स आगे खिंच जाए तो फिर उन तक ये लेक्चर कैसे पहुंचेंगे वो चलो लाइव में तो मसला ना लाइव में आपको इंटरनेट काफी अच्छा चाहिए होता है लेकिन वो बाद में YouTube access कर लेती हैं वो जो बच्चियां 20-30 हैं ये पता है आपको आप रबते में हो उनसे तहरीन नहीं नहीं वो व्यूज जो है ना वो तो मुख्तलिफ लोग देखते हैं आई होप के वो बच्चे उनमें हों आई रिय होप हमारे सारे बच्चे उसमें हो अच्छा ठीक है तहरीन कहती है देख लेते हैं चलो ठीक हो गई बात ठीक है ठीक है चलो तो अगर अब बच्चे वे ख्याल स्टेबल ही हो गए 29 30 पे तो हम बात करते हैं शुरू करते हैं ठीक है फिर बच्चे आप बाद में ज्वाइन करते रहेंगे आज तो रूटीन से भी काम बच्चे हैं है? थर्टी हो गए ओके okay. ठीक है ओके जनाब वी शुड स्टार्ट अच्छा जी अब मैंने आपको जो भेजा था लेक्चर जो भेजा था मैं वो भी खोल देता हूं साथ अपने पास ताकि हम उसको साथ साथ देख लें कि क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं ठीक है अच्छा वो कंबाइंड लेक्चर मेरे हैंडआउट्स मिल गए थे बच्चों को हैंडआउट्स मैंने कल भेजे थे ठीक है बेटा तहरीम फॉरवर्ड कर दिए थे बच्चे खैर मैंने वो व्हाट्सएप पे ही डाले थे वो वो गो थ्रू कर लेना ठीक है वो भी अच्छी चीज़ है चलो अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग पे ठीक है ओके okay. गुड मिल गया वेरी गुड पढ़ जो मैंने स्लाइड्स कल भेजी थी ठीक है अब रेगुलेशन हार्ट पंपिंग मैंने बेसिकली बात बात की थी बात शुरू करते हैं।, हैं जैसे मैंने तमीद कल उसमें लेक्चर में बांधी थी कि आपकी जो हार्ट है वो ज़ाहिर है हर वक्त एक एक स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट में आप नहीं रहते कभी आप उठ के उठ रहे होते हो बैठ रहे होते हो सो रहे होते हो जाग रहे होते हो खाना खा रहे होते हो चल रहे होते हो भाग रहे होते हो इस सारी चीज को रेगुलेट करने के लिए पूरी बॉडी में मैकेनिज्म्स लगे हुए हैं ठीक है मिसाल के तौर पर आप जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो आपके जो मसल हो ज्यादा ब्लड की तरसील चाहिए होती है ये हम बात करेंगे सर्कुलेशन में इंशाल्लाह, ठीक है अब अगर मैकेनिज्म्स ना लगे हुए हों जो इस चीज को रेगुलेट करें कि जी मसल अभी रेस्ट पे है तो उसको मुनासिब थोड़ा सा ब्लड चाहिए और अब वो क्योंकि एक्सरसाइज प्रोफाइल में चला गया एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको ज़्यादा ब्लड चाहिए अगर कोई मैकेनिज्म बैठे ना लगा हो इस चीज़ को स्विच करने के लिए तो फिर कैसे मसल एक्सरसाइज करेगा फिर नहीं ना कर सकता एक्सरसाइज ये है वो लव्स reg, रेगुलेशन जिसका मैंने इस्तेमाल किया है कि जी जब हर चीज़ रेगुलेट होती है बॉडी में और हर चीज़ होती है ठीक है तो रेगुलेट करने की ज़रूरत ही क्यों महसूस होती है ये बात क्लियर है ठीक है अच्छा वो थोड़ा सा ना डिलेड आता है ठीक है समझ में आ गई बात ऑल राइट ओके अब आपने एक चीज को जहन में कौन आ, एक कॉन्सेप्ट बना लेना ठीक है अच्छा मुझे कोई बच्चा एम एमटी जो बच्चा है हाथ खड़ा करें एमटी टी समीन नाम है क्या नाम है एम का है एमटी बच्चे कितने दौड़ के आप भाग गया जी एमटी हमारा नो वेयर टू बी फाउंड अच्छा बहर समीन है सर मैं एमटी नहीं हूं सॉरी वो एम टी कि लेट कनेक्ट हो रहा है ठीक है चलो कोई नहीं आप मैं से है, अरीज अरीज फातमा अरीज आपने मुझे थोड़ी देर के बाद याद कराना है बल्कि जब मैं फ्रैंक स्टारिंग लॉ पढ़ा लूँ तो आप मुझे याद कराना है कि मैंने ट्रांसप्लांटेड हार्ट के बारे में डिस्कस करना है ठीक है या आप लोगों ने मुझे याद कराना अच्छा अब पंपिंग जो रेगुलेशन है हार्ट पंप की वो दो पैराहों में होती है दो तरीके से होती है अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि कंप्लीट कैपेबिलिटी रखता है ठीक है और दूसरा uh, उसको बाहर से भी हेल्प मिल सकती है मिल जाती है तो जो हार्ट की अपनी कैपेबिलिटी होती है उसको बेटे हम कहते हैं इंट्रेंजिक ये लफ्ज़ आपको फिजियोलॉजी में और भी जगह मिलेगा इंट्रेंजिक का तो मतलब होता है अपना अपने अंदर लोकल ठीक है और extrinsic ये चीज़ होती होती होती होती है है, है, है। जो जो बाहर बाहर से से ठीक अंदर नहीं तो इसमें एक्सट्रेंट्रेंसिक मैकेनिज्म का नाम है फ्रेंक स्टार्लिंग लॉ फ्रेंक स्टार्लिंग लॉ जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे ये वो मैकेनिज्म है ठीक है तो इंट्रेंसिक जो मैकेनिज्म है वो फ्रेंक स्टार्लिंग लॉ है के तहत होती है और एक्सट्रेंजिक जो है वहां पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक है आज अब पहले हम बात कर, यहां तक ठीक है बेटे फिर हम पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रेंजिक मेके जो फ्रेंक स्टारिंग लॉ ठीक है ये मैंने वैसे आ, काफी तरीकों से उसमें आ, समझाया है अगर आपने इसको कवर किया है तो चलो मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ कोई सवाल अगर है फिर मैं इसका जनरल ओवरव्यू बताऊंगा सवालों में ये हम थोड़ी सी डिटेल में चले जाएंगे सवाल अगर है तो मुझे पहले बताओ फ्रैंक स्टार्लिंग से मुतिक कोई सवाल है जिन बच्चों ने देखी है वीडियो या कोई सवाल उनके जहन में आया मुझे लगता है सवाल नहीं है तो मैं फिर एक जर्नल आपके सामने वी आर ओके शाबाश मुबश्रा ठीक है ठीक है तो मैं एक जर्नल आपको आपके सामने एक जर्नल डिस्कशन रखता हूँ ठीक है कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट में फर्क क्या है ठीक है वी आर एक्सप्लेन कर दूँ ठीक है ठीक है मेरा बेटा अच्छा अब अब मेरी बात गौर से सुनो ठीक है आप ए काम करो ना आप ज्यादा दूर ना जाओ आप जिस घर में रहते हो अगर किसी घर में रहते हो ऊपर वाली मंजिल में रहते हो तो इस घर में जरूर एक डोंकी पंप होगा वॉटर पंप वाटर पंप को डोंकी पंप भी कहते हैं ठीक है आप उस पंप पे जरा गौर करो हाँ एक अभी नहीं मुझे बाद में बच्चे याद कराना अभी तो मैं टेक ऑफ कर रहा हूं लेक्चर अभी टेक ऑफ कर रहा है यह आपने मुझे ना बात करनी है जब हम ए एन एस बात करेंगे सिम्पथिक तब आपने बेटा मेरा आपने तब मुझे रिमाइंड करना ठीक है मैं क्या बात कहा था पंप की वो जो वाटर पंप आपके घरों में लगा हुआ है या कभी देखा हो अगर मैं आपसे कहूं कि उसको उसके फंक्शन को आप डिस्क्राइब करें उसके कोई सी दो खसूसियात मुझे बताएं तो आप क्या बताएँगे आप बताएँगे भई ये एक पम्प है ये एक मिनट में इतनी दफ़ा पुश करता है पानी को ठीक है तो मैं कह दूंगा कि इसका जो लफ्ज है ये है रेट रेट ऑफ पंपिंग आर ए टी रेट रेट ऑफ पंपिंग यानी वो वाटर पंप कितनी दफा उसका पिस्टन चलता है पानी को पुश करने के लिए वो उसका रेट ऑफ पंपिंग है ठीक है बेटे फिर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा इसकी दूसरी खसूसियत बयान करें अब आप दूसरी खसूसियत क्या बयान करोगे अगर वह अच्छी कंपनी का है या वो माठी कंपनी का है अगर वो अच्छी कंपनी का है तो वो उसकी हर जो पुश होगी हर इंडिविजुअल जो उसकी वो जो पुश करेगा पानी को वो बड़ा अच्छा बड़ा फोर्सफुल पुश होगा अगर वो माठा है तो बस वो ऐसे ही करेगा। मतलब वो बेशक मिनट में सौ दफा पुश करे लेकिन उसका जो हर इंडिविजुअल पुश है उसकी उतनी फादियत नहीं होगी तो हम कहेंगे ये अच्छा पंप नहीं है क्योंकि इसकी जो पुशिंग पावर है वो बस एम ही है और जो अच्छी कंपनी का पंप है वो ना सिर्फ यह कि वो चलता मिनट में कॉन्ट्रैक्ट पंपिंग है ये भी ज्यादा देता है ठीक है और उसकी जो इंडिविजुअल पंपिंग है एक हर एक जो पुश है वो भी बड़े धड़ल्ले बड़ा अच्छा यानी स्ट्रॉग उसका पुष है ठीक है यह वॉटर पंप की एग्जाम्पल समझ आई है आपको अच्छा बेटे बिल्कुल इसी तरह से ठीक है सम कर दू अच्छा समअप मैं हार्ट पे करता हूं ना मेरे बेटा मैं हार्ट पे अब समप करता हूं देखो हार्ट भी बेसिकली है तो एक पंप ही ना एक पंप ही है ना हार्ट भाई वाट, वाटर पंप क्या करता है वाटर पंप पानी को ज, आ, वासा या जहां भी आप हैं सरकारी लाइन से पुल करता है वहां से पुल करता है और आपके घर के अंदर पुश करता है पंप यही करता है ना या कुछ और करता है यही करता है पंप ठीक है हार्ट क्या करता है बेटे हार्ट क्या करता है है कि वेनस वीनस साइड से ब्लड लेता पे आता है वहां से लेता है लेता नहीं चलो वहां से आता है इसको ठीक है और यह उसको आगे पुश कर देता है अब हम यह बात डिस्कस नहीं करें वो लंग में पुश करता है या पुश करता है अभी हम ओवरऑल तो इसकी मुसलियत आपको नजर आती है वॉटर पंप से आती है ना सो so, जो वॉटर पंप की दो खसूसियात हैं यानी रेट ऑफ पंपिंग एंड इंडिविजुअल जो एक्शन है उसका उसकी फोर्स ये हार्ट पे अप्लाई होगा कैसे होगा मैं जुमला बोल देता हूं आपके इंशाल्लाह शाह समझ में आ जाएगा कि जी हार्ट एक मिनट में कितनी दफा धड़कता है कितनी दफा कॉन्ट्रैक्ट करता है ये उसका हार्ट रेट हो गया और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रेक्टिलिटी ये बात नोट करने वाली फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्टिलिटी या आइनोट्रोपिज्म ये तीनों चीजें सेम है आपके लिए सेम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आइनोट्रोपिज्म और अपना क्या कहा था मैंने कॉन्ट्रेक्टिलिटी ये तीनों आपके लिए सेम चीज है इसका बुनियादी मतलब इन तीनों अल्फ़ा मैं तीनों अल्फाज इसलिए बो, बो, बोले हैं इम्तान में इनमें से कोई एक लफ्ज अगर आ जाए तो आप परेशान ना हो जाए कि जी ये आइनोट्रोपिज्म क्या होता है आइनोट्रोपिज्म आई ओ एन ओ वो आगे उसमें लेक्चर में है आइनोट्रोपिज्म बेटे इन सारों का मतलब है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन के मिसाल के तौर पर हार्ट जो है इस वक्त 72 बीट्स पर मिनट पे आ, आ, धड़क रहा है और हर धड़कन हर जो उसकी कॉन्ट्रेक्शन है वो बस मुनासिब है अपनी फोर्स में क्योंकि इस वक्त आप आराम से बैठे हुए लेक्चर सुन रहे हैं ऐसा कोई खास कोई मसला नहीं है कोई जंग नहीं छिड़ गई कहीं भागना दौड़ना नहीं है आपने हैं जी हाँ अब आप उठ के भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं अब क्या होगा अब बेटे दो काम होंगे एक काम क्या होगा एक काम यह होगा कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा बहत्तर से शायद वह सौ हो जाए ठीक है मैं आपको मिसाल दे रहा हूं सौ से भी ऊपर जा सकता है एक सौ दस बीस पचास जा सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कितना खींचते हैं अपनी एक्सरसाइज को ठीक है अब जैसी एक्सरसाइज शुरू होती है हार्ट रेट भी ऊपर जाता है और यह गौर कर तलब बात है कि हर कॉन्ट्रेक्शन समझ आ रही है बात हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाती है अब बात समझ में आ गई रिफत हाँ रिफत ने सवाल किया था ना शाबाश बेटे कुछ क्लियर हो गया कोई बात नहीं बेटे शाबाश वेलकम और कोई ये ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ठीक हो गया अब हम फ्रैंक स्टारिंग लॉ की तरफ वापस आते हैं कि जी फ्रेंक स्टारिंग लॉ क्या शायद अब देसी जुबान में फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है फ्रेंक स्टार्लिंग लॉ कहता है कि भाई जितना भी नॉर्मल हालात में नॉर्मल रेंज के अंदर आप जितना भी ब्लड हार्ट को देंगे हार्ट वो एबिलिटी रखता है कि वो उसको पंप कर दे आगे। आप ज्यादा देंगे वो ज्यादा पंप कर देगा आप कम देंगे वो कम पंप कर देगा बस सीधी सी बात इतनी सी बात है ये फ्रेंक स्टारिंग लॉ है इसके ईमान के दर्जे हैं ऊपर इसके इसके यानी इसको एक्सप्रेस करने के तरीके हैं ठीक है लेकिन जो सबसे बुनियादी बात है वो मैंने आपको बता दी ठीक हो गया यह बुनियादी बात समझ में आगे बच्चों को ठीक है ये वही हाँ जी मेरा बेटा समीन अभी थोड़ा रुक जाओ सर एचआर से डायरेक्ट रिलेटेड विद एफओसी एफओसी तो मैंने नहीं कोई चीज कही अच्छा बेटे आप शायद बाद में आए हो तो फिर आपको ना इसका रिकॉर्डेड वर्जन इसका भी रिकॉर्डेड वर्जन आप फिर देख लेना क्योंकि ना मैं आगे चल पड़ा हूं कुछ बच्चे लेट आए हैं तो वो फिर वो रब मेरा टूट जाता है ठीक है इसलिए प्लीज टाइम पे आया करें ऑल राइट ओके वो जो सवाल बेटे मैंने किया था अभी उसका वक्त नहीं आया ये फ्रैंक स्टॉनिंग लॉ के बाद जब मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तब मैं उस पर बात करूं ठीक है अभी मैं फ्रैंक स्टॉलिंग लॉ पढ़ा रहा हूं ठीक है तो मैंने उसकी डेफिनेशन आपको कल भेजी थी वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाई देंट्रिकल्स बाय द वेंट्रिकल डिपेंड्स ऑन यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो इजेक्ट होता है फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन ओके बेटा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो इजेक्ट होता है वेंट्रिकल से वो डिपेंड करता है वॉल्यूम प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल जो भी वॉल्यूम प्रेजेंट है अब ये बात सुनने वाली है जो भी वॉल्यूम आपने इकट्ठा किया था डायस्टली में वो डिटरमिन करेगा वो कंट्रोल करेगा उसके ऊपर कितनी कॉन्ट्रेक्शन होती है ये कैसे मजे की बात है ये बात समझ आई अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं यानी मेहमान जो आया है घर में वो मेहमान जो है वो बताए कि उसने क्या खाना है एग्जांपल है लेकिन समझ लो ये जो ब्लड आया है डायस्टली में ये कहीं से आया है ना इसको मेहमान कह देते हैं मेहमान नहीं है। अब ये मेहमान खुद कहेगा कि भाई मैं थोड़े ज्यादा बंदे ले आया हूं खाना थोड़ा ज्यादा पका लें ठीक है तो वो कुछ कुछ ऐसे बटन दबाएगा हार्ट में कि हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन उसके लिहाज से एडजस्ट होकर ज्यादा हो जाएगी क्योंकि देखो जब नॉर्मल अमाउंट ब्लड आता है तो उसके लिए एक मुनासिब सी कॉन्ट्रेक्शन होकर वो आगे चला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम बन जाता है अब ब्लड जरा ज्यादा आ गया तो इसके लिए स्ट्रोक वॉल्यूम को जरा फोर्सफुल होना पड़ेगा ना तो यह हार्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है अपने आप यह है बेटे फ्रेंक स्टारिंग बात क्लियर हुई कुछ अभी मैं इसके और एक और दो जाविया आपके सामने रखता हूं इसमें वी आर आएगा जो आपने पूछा है ये बड़ी है इसलिए मुझे ना ये जो बच्चे बार बार माशाल्लाह कमेंट करते हैं इनके अलावा भी जो बच्चे अब सैंतीस शो कर रहे हैं इस वक्त मेरा सिस्टम बाकी बच्चों को समझ आ रही है फ्रेंकिंग लॉ की बेटा है मरियम मार दिया बच्चे एक दफा फिर समीन अच्छा चलो फिर से सारा फिर से अच्छा चलो चलो ठीक है वेरी क्विकली बेटा जो ब्लड आता है हार्ट में हार्ट उसको अपना स्ट्रोक वॉल्यूम उसके लिहाज से ये मैंने कहा है उसके ये लबे लुभाव है ठीक है अब हम इसका एक और कहने का तरीका अब हम अब देखो हमने सारी देसी जुबान इस्तेमाल की है हमने टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की फिजियोलॉजी की अगर मैं फिजियोलॉजी की लैंग्वेज में इसको कहना चाहूं तो आपकी इजाजत से मैं इसको कहने लगा कि जनाब ईडी डिटरमिन करता है स्ट्रोक वॉल्यूम इस स्टेटमेंट से किसी को अगर एतराज है तो वो अपना हाथ खड़ा कर ले मतलब कॉमेंट कर ले EDV, एंड डायसोटिक वॉल्यूम डिटर्मिन करता है स्ट्रोक वॉल्यूम इस पर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लेफिक होना इसलिए नहीं चाहिए कि उसमें नई बात मैंने कोई नहीं की वैसे आपस की बात है मैंने वही बात की है जो मैंने देसी जुबान में की है मैंने सिर्फ अहत जो है ना वो फिजियोलॉजी की डाल दी है इसमें इन असलाहत इस पर ही आपको सवाल आएगा ठीक है ना दर आ गया समझ वेरी गुड एक्सिलेंट अब मैं एक और तरीके से कह सकता हूं इसको आपकी इजाजत से एक और तरीके से कहता हूं ठहरो एक मिनट ये मेरी एचओडी की कॉल थी ये मैंने साथ व्हाट्सएप भी खोला हुआ ताकि मैं ये वाले मामला इस पे हल करता रहूं अच्छा जो, क्या बात हो रही थी आखिरी तौर पर दूंगा अगर समझ में आ गया तो एक्सप्लेन कर दूंगा बिल्कुल वही बात करूंगा जो अभी दो दफा कर चुका हूं एक तीसरी तरफ तीसरे अंदाज में मुलाजा हो आउटपुट कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू वीटर्न वी आर जहां पर वी आर क्या है वो ब्लड जो सर्कुलेशन से आ और बाकी तो एक बच्चा है अफशा अरिज आयफा मरियम जोहा समझ में आ गया जर्नी समझ में आ गया बाकी बच्चे किधर हैं बाकी बच्चे उस्मान, रमज़ान रिफत तय्यबा इकरा ऑल रैट तो यानी इसको मैं एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है ठीक है ना आपको समझ में आ गई कि कार्डिक आउटपुट जो है वो एक एक्सप्रेशन है जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके एक मिनट के अंदर निकालता है तो वो ज़ाहिर है उससे लिंक्ड होगा जितना ब्लड उसमें आ रहा है तो वी आर एक्सप्लेन हो गया जो बच्चे वी आर वाले थे उनको एक्सप्लेन हो गया बेटे वी आर क्या है आई होप उनको एक्सप्लेन हो गया होगा ठीक है तो ये बात हमने ये बात हमने कर ली चल गुड उसके बाद मैंने ग्राफ था ग्राफ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं अगर ये सारी बातें समझ में आ गई हैं लेकिन फिर भी मैं एक दो बातें मज़े की आपको बता देता हूँ मैं आपको मजे की बात हूँ अच्छा मुबश्रा बात यह है। बेटे कि मुझे ना दो तीन बीच में कॉले आई हैं शायद उसकी वजह से आपको ये फील हो रहा हो ठीक है ना आई होप के ये दोबारा कॉले बीच में ना आए ठीक है अच्छा अच्छा ठीक है मैं बताता हूं अब आप में से किसी ने यह सवाल खैर वो आपके दिमाग में होगा वो टाइपिंग में मसला होता है आपके दिमाग में ये सवाल आया बेटे कि इंट्रेंसिक जो मैकेनिज्म है हार्ट का फ्रैंक स्टारिंग लॉ वो कोई जादू की छड़ी है कैसे हार्ट को कैसे पता क्या होता है हार्ट के अंदर कि जनाब अली एक्स्ट्रा ब्लड इसके अंदर कुछ सेंसर लगे हुए मत इसको कौन बताता है कि जी अभी अब हंड्रेड एम जमा हुआ है तो अभी कोई एक सौ पचास एम जमा हो गया जनाब अली और उसके लिहाज से आ, पहली बात तो ये जहन में क्लियर होनी चाहिए कि ये सवाल आएगा कि जी हार्ट को बताता कौन है कि एक्स्ट्रा ब्लड आ गया है नंबर वन क्वेश्चन आएगा नंबर टू वो यानी एडजस्ट कैसे करता है पता तो उसको लग गया अब वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन को उसके लिहाज से अप कैसे करता है सवाल समझ में आया नहीं आया सवाल समझ में ये दो सवाल है जो मैं आपको जवाब दूंगा ना आपने उछल जाना अपनी सीट से अच्छा ठीक है ठीक है मैं मैं मैं रिपीट करता हूं मेरा बेटा मैं ये कह रहा हूं जल्दी जल्दी कि इसको समझने के लिए यह है वैसे जरा थोड़ी सी एडवांस बात है लेकिन मेरा ख्याल आपको पता होना चाहिए ताकि आपको याद भी रहे प्लस आप वाव भी करो कि देखो अल्लाह सलाम तौला ने कैसे हार्ट को क्रिएट किया मैं ये रहा कि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ की जो वजह है वजह वो क्या है उसले मैंने दो सवाल जनरेट किए कि भाई हार्ट को कैसे पता लगता है कि एक्स्ट्रा ब्लड आ गया है नंबर वन नंबर टू फिर वो एक्स्ट्रा ब्लड की जो रिस्पॉन्स में अपनी वो स्ट्रोक वॉल्यूम को अपग्रेड करता है वो वो कैसे करता है ये दो सवाल मैंने आपके सामने पेश किया सवाल आपको समझ में आ गए अब इसके जवाब में देने लगा थोड़ी देर सवाल क्लियर हो गया बेटा <coughs> ठीक है मुबीन हाजरा सवाल अनसा उस, उस्मान, अफशा इकर दुआ ठीक ओके सर राइट अब हम आगे चलते हैं तैयार वेरी गुड अरीज बेटा जब एक्स्ट्रा ब्लड वेंट्रिकल में आता होगा तो आपके ख्याल में क्या होता होगा भाई एक जगह नॉर्मल ब्लड आ रहा है से 100 एम ब्लड आ रहा है नहीं ऐसे नहीं वो हॉट वाटर बॉटल हो आपके घर में चलो बलून ले, ले लेते हैं वो पुराना बलून फड़ ले बलून बलून को लाएं जी बीच में बलून में आप हंड्रेड एम पानी डाल दे। फुंक, फुंक दें फूंक मार दे चले फूंक मार 100 ml फूंको वो ठीक है वो एक खास तक स्ट्रेच करेगा मैंने बोल भी दिया लव्स स्ट्रेच अब इसमें आप आप एक और बलून लें उसमें आप 150 ml फूंक मारें ज्यादा स्ट्रेच कौन करेगा ऑब्वियसली 150 वाला करेगा ठीक है ना जी अब आप हार्ट पे आ जाए जरा एक दफा हार्ट में 100 ml ब्लड आ गया और दूसरी दफा हार्ट में ठीक है बेटा दूसरी दफा हार्ट में 150 फिफ्टी ब्लड आ गया हार्ट स्ट्रेच करेगा इसको अकोमोडेट करने के लिए हाँ जी हाजरा स्ट्रेच होंगे स्ट्रेच होंगे तो बेटे अकोमोडेट करेंगे ना जो 100 पे वो स्ट्रेच कर रहे थे 100 पे भी स्ट्रेच कर रहे थे लेकिन थोड़े कर रहे थे वन पे वो ज्यादा करेंगे तो बात तो बेटा जी इस स्ट्रेचिंग से हार्ट को पता लगता है कि भाईजन एक्स्ट्रा सौदा आ गया है अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ सी है जी ठीक है तो फर्स्ट हार्ट नॉर्मल से ज्यादा जब थोड़ा सा स्ट्रेच करता है तो वो वो सिग्नल होता है जो कि हाँ जी वो स्ट्रेच करता है ठीक है आपको पता है कि जब आप मसल को स्ट्रेच करते हैं तो वो और ज्यादा अब यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर टू की बात करता हूं हार्ट मसल में एक क्वालिटी है जो और में नहीं है यहां पे कहानी में ट्विस्ट एक। अच्छा बेटा ये बच्ची उरूज फातमा मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर रही है तहरीम आप इसकी हेल्प करें वो कहती है लिंक में कोई प्रॉब्लम है जो आई तो लिंक पता नहीं क्या, क्या चीज खोल रहा है उसकी तरह आप हेल्प कर दो तो, ठीक है ओके okay. कहानी में ट्विस्ट हम दे रहे थे कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो मायोकार्डन फाइबर्स होते हैं ये देखा गया है ये द, ये दरियाफती हुआ है बेटा समीर मैं क्या करूं ये मुझे लगता है साजिश हो रही है आप लोगों के खिलाफ है वो कहती है मैं जब कोई एक्सप्लेन करती हूं तो नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है अच्छा चलो कोई बात नहीं नेट बड़ा शरारती है ड्रम रोज कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब मायोकार्डियल फाइबर्स हार्ट के मसल के फाइबर स्ट्रेच होते हैं तो वो वैसे ही कैल्शियम के लिए जरा सेंसिटिव पाए जाते हैं लेकिन जब स्ट्रेच होते हैं तो वो और ज्यादा कैल्शियम के लिए भूखे हो जाते हैं कोई बात नहीं मेरा बेटा ये इसीलिए हम YouTube भी आपके साथ है मैं भी आपके साथ हूं हम इसीलिए इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये सारे का सारा अन इंटरप्टेड आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा ठीक है जितना आप देख सकते हो उतना देखो बाकी ये सारी कहानी आपको एंड में मिल जाएगी मेरे साथ ठीक है ठीक है कोई बात कोई बात इट्स ओके okay. जो बच्चों ने मेरा वो ट्विस्ट सुना है उनको समझ में आ गई बात पहली बात हमने की जब एक्स्ट्रा ब्लड आता है तो मसल कार्डिक मसल स्ट्रेच करता है ठीक है और जब दूसरी बात यह कि जब वो स्ट्रेच करता है तो वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कैल्शियम के लिए अब वो नॉर्मल अमाउंट मैं रिपीट कर रहा हूं चुबलाक्ट मैं मैं हुआ था नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम पे भी वो अब पहले से ज्यादा रिएक्ट करेगा पहले से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ठीक है ये अलग बात है कि जब उस कॉन्ट्रैक्शन की उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो कैल्शियम भी ज्यादा रिलीज होगा लेकिन मैं कहता हूं वो ना भी हो नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम पे भी एक स्ट्रेच मायोकार्डियल फाइबर ज्यादा रिएक्ट करेगा इवन नॉर्मल कैल्शियम पे तो सोचो जब कैल्शियम भी बढ़ जाएगा तो वो क्या बला बन जाएगा ये है फ्रैंक फ्रेंसिंग लॉ की एक्चुअल एक्र लेवल पे एक्सप्लेनेशन। इसलिए हम कहते हैं जितना ब्लड आए नॉर्मल हालात के नॉर्मल नॉर्मल रेंज के अंदर हार्ट उसको छक्का लगा के आगे आगे कर देता है इसलिए आगे कर देता है कि वह स्ट्रेच होता है जब वो स्ट्रेच होता है तो अल्लाह ने उसके अंदर एक कुदरत डाली है उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो कैल्शियम के लिए और ज्यादा रिस्पांसिव uh, हो जाता है कैल्शियम, और ज्यादा बाइंड करने की एबिलिटी रखता है और और जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है जब वो हो स्ट्रेच होता है ये हो गया फ्रेंस लॉ मेरा ख्याल हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसको ठीक है तो फ्रेंक स्टॉलिंग लॉ के हमने एक्सप्लेन देख ली है ठीक है अब आई मूव ऑन टू इंट्रेंसिक होगी बेटे बात इंट्रेंसिक अब हम एक्सट्रेंसिक की बात करेंगे ठीक है एक्सट्रेंसिक में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं एक सिंपथेटिक स्टिमुलेशन और एक है पैरासिम्पथेटिक्स टोलिश ठीक है इसमें जो पहली बात है वो मैं वही मैं रिपीट कर देता हूं जो मैंने लेक्चर में ऑलरेडी भेज दिया है कि अगर आप जब अनेटमी में पढ़ेंगे ना इसकी जो इनर्वेशन है हार्ट की तो सिंपथेटिक्स जो है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह से मुराद कंडक्शन सिस्टम पे भी उनके फाइबर्स मौजूद हैं और जो एक्चुअल कॉन्ट्रेक्टाइल जो मसल है मायोकार्डियम इसको कहते हैं उस पर तो हैं ही हैं कंडक्शन सिस्टम में भी हैं अगर कुछ बच्चों को कंडक्शन सिस्टम में नहीं आ, जहन में आ रहा क्या है एस ए नोड इंटरट्रियल पाथ हुए ए नोड पर कंजी सिस्टम इस सारी जो ये रेलवे इसे कंडक्शन सिस्टम कहते हैं ठीक है और माओकार्डियम तो माओकार्डियम है ही ठीक है तो सिंपथेटिक नर्वस नर्वस फाइबर्स जो हैं वो दोनों चीज़ों को कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड माओकार्डियम दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी हर जगह पहुँचे ठीक है पैरासिंपथेटिक फाइबर्स हाउए उनकी जरा कवरेज लिमिटेड है ठीक है आ, वो सिर्फ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट पे ही मुंतज है ठीक है ये वैसे मजे की बात है कि वो एक्स्ट्रा वो हैं यानी अगर आप सिर्फ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट को देखें तो पैरासिंपथेटिक फाइबर्स सिंपैथेटिक से ज्यादा होंगे वहां पर बाल की खाल मैंने उतारी है मेंशन नहीं नहीं की थी यहां बातों बातों में में बात निकल ठीक तो है है तो एनी हाउ डिफरेंस मेन ये कि वो फाइबर्स होते, होते हैं कंडक्शन सिस्टम में पे भी सप्लाई कर रहे होते हैं मायोकार्डियम में भी सप्लाई कर रहे होते हैं ठीक है तो यहां तक ठीक है अजान अजान अजान टाइम हाँ। तो यहां ब्रेक लेते हैं आजान। आजान यहां पे भी हो नहीं रही वैसे लेकिन अभी थोड़ी देर में होना शुरू हो जाएगी तो हम थोड़ा सा ना अजान का ब्रेक ले लेते हैं ठीक है चलो बेटा दुआ जो करना वो अपने इस टीचर के भी कर देना दुआ अजान के बाद है ओके okay. अच्छा जी. हम बात कर रहे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थैंक यू वेलकम बैक और हमने इनर्वेशन की बात कर ली थी कि सिंपथेटिक नर्वस पैरासिम्पथेटिक नर्वस फाइबर्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिक uh, है बड़ा डिफरेंट है ठीक है अब जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बीटा वन रिसेप्टर्स हैं जिनके जरिए एक्ट करता है तो सेल्स जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उन पर रिसेप्टर्स होते हैं जो उनके ऊपर एंटीना लगे हुए ना बीटा वन वाले उनपे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम आके एक्ट करता है ठीक है ना ये उसकी आप समझिए उसकी उसका लॉक है ये जो सिंपथेटिक फाइबर है वो की है और बीटा वन रिसेप्टर उसका लॉक है ठीक है ना वो उसमें जाता है और उसको खोल देता है अच्छा अब इसके बेटे मैंने चार इफेक्ट्स आपको बयान किए थे उसमें जो मेन दो इफेक्ट्स हैं वो हैं पॉजिटिव बीटा वन रिसेप्टर मैंने मैंने अभी एक्सप्लेन किया बीटा वन रिसेप्टर्स आप समझ लें जहाँ पे सिंपैथेटिक फाइबर्स कनेक्ट हो रहे होते हैं ना अगर ये सेल है ये माइकआडियल सेल है तो वो अब किधर कनेक्ट करे किधर कनेक्ट करे वो कनेक्ट करेगा अपनी जगह पे उसकी जगह क्या है उसकी जगह वो जगह इसको बीटा वन रिसेप्टर कहते हैं तो वो इसको जगह देगा वो यहाँ आके ऐसे करके ये फंस जाएगा अपने अपने रिसेप्टर पर कनेक्ट करती हैं चीज़ें तो इस तरह अब पैरासिंपथेटिक फाइबर बीटा बन पे क्यों नहीं कनेक्ट कर जाता आके क्योंकि वो पैरासिंपथेटिक का फाइबर नहीं है उसके लिए मस्करीनिक हैं जिन पे सिंपथेटिक नहीं कनेक्ट होता उस पर पे सिर्फ पैरासिम्पथेटिक ही कनेक्ट होगा ठीक है बेटे कहाँ गए सर मैं इधर हूँ बेटे अच्छा ये मेरा ख्याल उसका डिले आ रहा है चार मैंने आपके सामने बयान किए आप वो लेक्चर भेजे थे चार बेटा मारिया आप मैं खराब डिले आ रहा है थोड़ा सा हम जब अजान होती है ना बेटे तो मैं कैमरा इसका परे कर देता हूँ ठीक है ना ताकि आप लोग को भी प्राइवेसी मिले मुझे भी जब नमाज अजान को रिपीट करते हैं ना तो अल्लाह को याद करना ही होता है तो वो फिर उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती तो वो मैं इसलिए कैमरे को परे कर देता हूँ तो मैं इधर ही होता हूँ कहीं नहीं कहीं नहीं गया होता ठीक है वापस सिंपथेटिक्स तो सिंपथेटिक मैंने आपसे कहा पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक पॉजिटिव ओके जो मेन दो हर सूरत में याद रखने वाले जो इफेक्ट्स uh, हैं वो हैं क्रोनोट्रॉपिक और आइनोट्रॉपिक देशी जुबान में क्रोनोट्रॉपिक का मतलब है सिंपथेटिक जो फाइबर्स हैं सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम वो हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं क्रोनोट्रॉपिक का मतलब है हार्ट रेट इंक्रीज करना इसका एमसीक्यू आ सकता है ठीक है आइनोट्रॉपिक का क्या मतलब है पहले ही बात हो चुकी है कॉन्ट्रेक्टिलिटी बेटे तो ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है सिंपथेटिक सिस्टम पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है कि सिंपथेटिक सिस्टम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को भी बढ़ा देता है ठीक है सो so ये हार्ट रेट को भी बढ़ाता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को भी बढ़ाता है कौन बढ़ाता है सिंपेटिक नर्वस सिस्टम ठीक है okay. और जहां ये सारे काम कर रहा होता है वहां ड्रोम पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक भी है सर अगर आइनोट्रॉपिक नेगेटिव हो तो डिक्रीज करेंगे हार्ट रेट जी हाँ जी बेटा नेगेटिव जी। जो है वो अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं जो है वो है भी है लेकिन वो थोड़ा सा है वो है है वो वो वो नेगेटिव नेगेटिव भी लेकिन थोड़ा सा मेन ठीक कर रहे थे कि को कर देती है एवी नोड में हल्का फुल्का डिले के बाद तबाही मचा देती है प्रकंजी सिस्टम पे ठीक है वो तो यह बात ऑब्वियस होनी चाहिए क्यों ऑबियस होनी चाहिए आपने हार्ट रेट और हा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ानी नहीं है तो इसके लिए आपको फटाफट फटाफट फटाफट फटा, फटा, फटा, कार्टे कंपल्सरी भेजनी पड़ेगी इसलिए By बाई इंक्रीजिंग दिलोसिटी ऑफ कार्डिक इंपल्स ये हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाता था यह उससे लिंक है ठीक है वेलकम बैठ अच्छा और बैथ्मो ट्रॉपिक क्या है बैथमोट्रॉपिक मायोकार्डियम वैसे तैयार बैठी होती है कॉन्ट्रेक्शन के लिए कार्डिक इंपल्स आए तो सही जरा हम कॉन्ट्रैक्ट होके दिखाएंगे उसको रेडी होती लेकिन जब सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो वो कुछ ज्यादा ready होती है वो आगे आगे दौड़ती है ठीक है ज्यादा एक्साइट होती है ज्यादा एक्साइटेबल होती है कंट्रैक्शन के लिए ठीक है यहां तक ठीक है सिंपथेटिक्स हमने एक्सप्लेन कर दी सवाल हो तो पूछो जी सर सिंपथेटिक्स टिमुनेशन बात कर ली है हमने ठीक है अब हम पैरासिम्पथेटिक की तरफ जाते हैं ठीक है पैरा जो है जैसे मैंने आपको पहले कहा कि की जो लॉ सिस्टम जो है या उसके फाइबर्स हैं वो हार्ट पे सर ग्राफ वाला क्वेश्चन हाँ एक परसों भी यही हुआ था मेरी अटेंडेंस ही नहीं हुई थी मुख्तार बेटा ये सीआर से बात कर लो अटेंडेंस हो जाएगी आपकी एज फार एज आइमसर्न आप प्रेजेंट हो आप अगर यहाँ पे नजर आ रहे हो तो यूर हर ग्राफ वाला क्वेश्चन क्या था आप पूछ लो भी याद नहीं आ रहा मैं इसलिए बच्चों की ड्यूटियां लाता हूं कि मुझे याद कराना एक तो ट्रांसप्लांट वाला था ना वो मुझे याद है ट्रांसप्लांट वाला वो मैंने आपको बताना है ई शाबाश ई ना बेटा ना ई टीवी पर बात कर ली है E.S.V. वी ने बड़ा लंबा सवाल भेज दिया जी बेटा समीन ऐसा ही होता है अच्छा मैंने सवाल बेटे किया था जब सिंपथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो ई पे क्या असर पड़ेगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा यह है सवाल नहीं बेटा मुझे तहरीम आपकी बात समझ नहीं आई अटेंडेंस क्या मतलब एकरा वेरी गुड शाबाश। लेकिन तहरीम पहले एक मिनट ठहर जाओ अब शाह एक्सलेंट वेरी गुड बच्चों को समझ में आ रही है बात पहले जरा एक मिनट तहरीम की बिचारी की बात सुन लो तहरीम मेरा बच्चा क्या कह रहे थे आप अटेंडेंस का अटेंडेंस ले लें तो बेटे अभी तो टाइम नहीं हुआ अभी छह मिनट रहते हैं थोड़ी देर में ले लूं अटेंडेंस ये फिनिश कर लें हैं थोड़ी देर में करके मैं अटेंडेंस ले लेता हूं ठीक है हाँ ये ये बेहतर है तेरी ये बिल्कुल ठीक है ऐसे करो ऐसे करो ठीक है अच्छा वापस वापस फिजियोलॉजी पे आ जाओ ई मैं भी यही एग्री करूंगा कि ईएसवी कम होता है शाबाश मुबाश्रा ई कम होता है ये किसको समझ में बात नहीं आई एस पी कम होता है सिंपैथेटिक स्ट्रमेशन से चलो वक्त कम हो गया मैं आपको जवाब दे देता हूँ आपको जिनको नहीं समझ आया बेटे जब आप सिंपैथेटिक स्ट्रमेशन करते हैं तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाती है रेट ही बढ़ जाता है कॉन्ट्रेक्शन ही बढ़ जाती है तो मैं बताता हूँ बेटे तो दोबारा याद है मैंने आपसे कहा था कि जब स्ट्रोक वॉल्यूम होता है जब इंजेक्शन होती है ब्लड की तो सारे का सारा ब्लड वेंटिकल से नहीं निकाला जाता ठीक है कुछ ब्लड पीछे रह जाता है उस ब्लड को हम ई कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ठीक है तो यह कॉन्सेप्ट याद आ गया अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, तो ESV नीचे आ जाता है गिर जाता, कम हो जाता है मजीद कम हो जाता है इसकी वजह ये है कि सिंपथेटिक स्टिम्य क्योंकि रेट और फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन बढ़ गए हैं तो एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट से निकाला जा रहा है पंप किया जा रहा है क्योंकि आगे जरूरत है कोई तो जो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होती है वो नॉर्मल ईएसवी को कम कर देती है हार्ट में जो पीछे ब्लड नॉर्मल हालात में रह जाता होता था अब वो उससे कम रह जाता होता है क्योंकि ज्यादा for छक्का लग रहा है ज्यादा फोर्स से ब्लड को ज्यादा ब्लड आगे कम किया जा रहा है यह है इसका जवाबेटिक स्टिमुलेशन में ई कम हो जाता है ठीक है ओके okay. लकम निम्रा हमीद यूर प्रेजेंट वेरी गुड आई एम प्रेजेंट टू अच्छा जी आप जल्दी से कर रहते हैं पैरासिम्पथेटिक रैपअप करते हैं इसको ठीक है ओके इज थ्रू मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स उसके उसके बीटा बनते हैं इसका मस्क्रीनिक रिसेप्टर है और इसके साथ बेटे आपने सबके साथ नेगेटिव लगा देना है मेन जो आपने बात बेटे याद रखनी रह है वो ये कि ये मेनली नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक है नेगेटिव क्रोमोट्रॉपिक और नेगेटिव uh, ड्रोमोट्रॉपिक यानी ये रेट को कम करता है और ये कंडक्शन वेलोसिटी को कम करता है। मेन बात ये है क्यों क्योंकि इसकी मेन सप्लाई ही कंडक्शन सिस्टम है। तो जो कंडक्शन सिस्टम को ये खेच तान के कर सकता है ये वो कर, वो कर कर सकता है, ठीक है इसका डायरेक्ट जो इनर्वेशन है कार्डिक मसल को वो कम है इसलिए जब हम बात करते हैं आइनोट्रॉपिक की तो पैरासिम्पथेटिक हल्का पुल्का नेगेटिव आइनोट्रॉपिक है लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोनोट्रॉपिक की हार्ट रेट की हम कहते हैं नहीं जी चौधरी साहब रहे हैं ये बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रोनो है और बहुत ज्यादा नेगेटिव ड्रोमो है ठीक है यहां तक ठीक है अब ले लो अटेंडेंस अटेंड ठीक है इधर ही बेशक आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवा लें तो वो आपकी सीआर मेरी तरफ से ऑफ है अपने अटेंडेंस वगैरह के मामला आप तय करो यस ट्रांसप्लांट हार्ट बच्चे दौड़ तो नहीं गए अच्छा चलो ये सवाल जो है ना ये मैं कमेंट्स में कमेंट्स uh, में ही डालूंगा ठीक है आप मुझे जब ये वीडियो आ जाए ना आपके पास रिकॉर्डेड uh, उसमें आ जाए तो आप मुझे वहां पे क्वेश्चन करना अगर आप अच्छे ज्यादा बच्चे याद रखोगे क्वेश्चन करोगे तो फिर मैं इसका आज शाम तक जवाब दूंगा मैं आज शाम तक देखता हूँ कितने बच्चे सवाल करते हैं ठीक है भाई प्यासा जो है वो कुएं के पास आता है ठीक है चलो मेरे बेटा फिर इनशाला आपसे मुलाकात होगी अगेन ऑन मंडे ठीक है ओके अलैक्म वरह वक्त अटेंडेंस हो गई तहरीम बंद कर दूँ उसको बंद कर दू बेटे तहरीम अल्लाह हाफिज बेटे Okay baby I love us Okay I love you